गाई जी आखिरी बंदा है और आखिरी बंदे को हमारा टीममेट ने मार दिया और इसी के साथ हो गया हमारा बोइया और इस मैच पे बोइया होने के बाद मेरे पक्का 71 लेवल अप होने वाला है मेरे 71 लेवल अप होने में कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा क्या लगता है आपको और मैं इधर हीरोइक थ्री पे था रैंक स्कोर में 11 प्लस मिला है और टोटल में बहुत ज़्यादा प्लस मिल गया चार गिल किया था मैंने और मैंने अपने सारे टीम को भी लाइक दे दिया क्या लगता है गाइज आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है क्या रिवार्ड मिलेगा अब क्या सोचते हो चलो मेरा 71 लेवल अप हो गया कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है अब देखते हैं क्या रिवार्ड देगा वाले। पिछले बार भी तुम तो मेरे को साले शायद से तीन गोल्ड रॉयल भाउचार दिया था अब क्या मिलेगा अरे यार सौ गोल्ड भाई सौ गोल्ड मिला है खेलने का मन ही नहीं है चलो मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ गाइस जो जो बंदे नए आए हो चैनल पे जरूर से लाइक कर देना और अपना चैनल का नाम लिख देना मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत